दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉगर पर किस प्रकार से पोस्ट की जाती है मैं वो आपको बताता हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पे या क्रोम पे ब्लॉगर लिख देना है लिखने के बाद जब आप सर्च मारेंगे तो आप देखिए ब्लॉगर की इस तरह से वेबसाइट पर आ जाएंगे आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये प्लस का आईकॉन इस प्लस के आईकॉन पर आपको टच करना है टच करने के बाद आप देख सकते हैं ये ब्लॉगर के क्रिएटर पर आप आ चुके हैं कंटेंट जो भी आपको डालना है कर रखा है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है तो हमको एक ट्रांसलेट डालना है हिंदी उर्दू के हदीस के बारे में तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको डाल सकते हैं तो इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमने कॉपी किया था जहाँ हमने अलग लिख रखा था लिख, लिखने के बाद सारा कॉपी किया कॉपी करने के बाद हमने ये क्रिएटर पर डाला डालने के बाद ये आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लिखा हुआ है किताब का नाम या जो जो भी आपके हदीस का है किस में लिखी हुई है तो आप इसको कट करके यहाँ पर टाइटल इस पर पे आप पेस्ट कर दें तो इससे ये होगा कि आपने किस बुक से और ये हदीस किस बुक में लिखी हुई है तो ये उसके बारे में आपको जानकारी देगी के बाद यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं लोकेसन तो आप इस लोकेसन में जहाँ से भी आप ये पोस्ट डालना चाहते हैं उस ज़िले का आप अपना नाम भर सकते हैं तो भरने के बाद सर्च मारिए तो ये देखिए इसने अपना ज़िला उठा लिया है इसके बाद परमा लिंक यहाँ पर आप आपको ब्लॉगर के द्वारा एक ऑटोमेटिक लिंक भी जनरेट होगा जो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं लेकिन अगर आप कस्टम परमा लिंक चाहते हैं या आप कुछ उसमें लिखना चाहते हैं लिंक चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कस्टम पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी हदीस है या उसका नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं तो चलिए हम इसको डाल देते हैं जो भी उसका नाम है हदीस का वो हमने यहाँ पर लिख दिया है लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं पब्लिश ऑन यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आप सेट अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर में इसको पोस्ट करना चाहते हैं आज कल परसों जो भी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद लेबल यहाँ पे आपको लेबल पे आना है लेबल पे आने के बाद मान लीजिए हमारी हदीस है तो यहाँ पर आप उसका नाम डाल सकते हैं और इस लेबल को टच कर सकते हैं तो ये इसी हदीस के ही फोल्डर ये एक तरीके का आप इसको फोल्डर कह सकते हैं तो ये हदीस के ही फोल्डर में जाएगी इसके बाद यहाँ पर आप आपने ये सब तो लिख ही दिया है पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे अब आप आपको एक ईमेज भी लगाना है तो चलिए पहले हम इसको कस्टमाइज करके दिखा देते हैं तो इसके लिए आपको थोड़े दो सेकंड इसको दाबना है दाबने के बाद इसको ये पूरा लेना है लेने के बाद आप ये सब से ऊपर देख सकते हैं बीज का ऑप्शन बना हुआ है इस बी को टच करना है जैसे ये टच करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा बोल्ड होने के बाद आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आप ये जो ए के बगल में ये जो डबल टी देख रहे हैं इसको दाबना है दाबने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका छोटा बड़ा करने के लिए नाम को वो खुल करके आ जाएगा तो आप देख सकते हैं नॉर्मल मीडियम लार्ग लेंथ तो इस पर आपको सबसे लास्ट वाले पे टच कर देना है ये लार्ग कर सकते हैं करने के बाद आप यहाँ पे इसको ये आई जो देख रहे हैं इससे चाहे तो आप इटेलिक भी कर सकते हैं चाहे तो आप इसको ना भी करें यह आपके ऊपर प्लस ये ए नीचे जो डंडी आप देख सकते हैं इसको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे आप कई प्रकार के इसको कलर पे भी कर सकते हैं आप चाहें तो रेड कर सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये रेड हो गया इसके बाद इसी प्रकार से आप ये जैसे देख लीजिए तर्जुमा हिंदी हमको इसको थोड़ा सा डार्क करना है तो इस तर्जुमा हिंदी को हम दो सेकेंड दाबे रहेंगे दाबेने के बाद इसको यहाँ तक लाएँगे लाने के बाद ये खसका दिया अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो ये डबल टी जो देख रहे हैं आप इसको इसको टच करेंगे तो इसके बाद देख लीजिए ये आपका जो भी टैक्स होगा तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं जैसे मीडिया में लार्ज है लार्जेस्ट है जिस पे आप करना चाहें तो हमारे लिए ये लार्ज ठीक है इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे बोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं तो यहाँ पर कलर पर आने के बाद आप ब्लू जो भी है ये दे दें तो ये देखिए तो अब ये ये कलर हो गया है अब इसी प्रकार से हमको उर्दू तर्जुमा इसको भी इसी प्रकार से सेम करना है तो इसको दो सेकेंड दाबे रहेंगे दाबने के बाद इसको पूरा जहां तक हमको इसको डार्क करना है बस वहां तक हम इसको खसकाएँगे खसकाने के बाद इस डबल टी पे आएंगे इस डबल टी पे आने के बाद ये लार्ज को टच करना है लार्ज को टच करने के बाद ये बोल्ड बी को दाबना है अगर हम चाहें तो इसको इटेलिक भी कर सकते हैं लेकिन इसको इटेलिक करने की ज़रूरत नहीं है आप अपने हिसाब से कर लें उसके बाद ये आप देख सकते हैं ए इस ए को आपको टच करना है इसमें फिर आपको एक कलर दे देना है जो भी अपने मनपसंद का हो देना चाहे दे सकते हैं तो ये आपका टेक्स्ट उसी कलर में हो जाएगा उसके बाद सेम ये तर्जुमा इंग्लिश इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है इस टी पे आएँगे टी पे आने के बाद लार्ज करेंगे लार्ज के बाद ये बोल्ड करेंगे बोल्ड के बाद इस ए को टच करेंगे ए को टच करने के बाद जो भी कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे कलर सेट हो गए अब ये इसी प्रकार से आप अपना जो भी मैटर है आप इसको किसी भी प्रकार से बढ़िया सजा सकते हैं सजाने के बाद जो यहाँ पे आप करेंगे वो आपकी उस ब्लॉगर वेबसाइट पे शो होगा अब हमारा सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तैयार है अब हमको सिर्फ़ एक फ़ोटो की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना ये बीच से काट के आप बाहर आइए बाहर आने के बाद आप एक गूगल से कॉपी फ्री एक गूगल से आप सर्च करके एक लोड कर लें डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर एक पिक्सलैप प्ले स्टोर से ये देख सकते हैं ये पिक्सलैब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं इन तीन डॉट को आपको क्लिक करना है यूज़ इमेज गैलरी तो यहाँ पे आपको अपनी गैलरी को ओपन करना है ओपन करने के बाद ये देखिए हमने दो इमेज पहले से भी डाउनलोड कर रखी थी तो अब हमने ये इमेज को ले लेना लेने के बाद इस पर राइट पर क्लिक करना है तो आप देख सकते दोस्तों ये इस प्रकार से आ गया है तो के बाद ये न्यू टेक्स्ट आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है ये पेंसिल के बटन पे आना है यहाँ पे आने के बाद फिर पेंसिल को टच करना है तो ये हम अब इस पर आ चुके हैं अब यहाँ पे टेक्स्ट को आप काट दीजिए काटने के बाद आपको यहाँ पे वही हदीस या बुक का नाम आपको यहाँ पर पे पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करें ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये बुक का नाम आ गया है अब इसको थोड़ा सा चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं या स्टाइल इस स्टाइल पर आए स्टाइल पर आने के बाद ये देखिए इतने सिंपल हैं जो डिफ़ॉल्ट में माई स्टाइल में भी है जो आप लेना चाहें तो वैसे हम ये सिंपल ये ले लेंगे लेने के बाद हमको इस पे आना है लास्ट पे चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका फ्रंट भी बदल सकते हैं तो इसको हम यहाँ पे स्टॉक पे आएंगे स्टॉक पे आने के बाद एक हम रेड कलर का एक साइड इसमें थोड़ा सा दे देंगे और यस कर देंगे इसके बाद इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे कि हमको कहाँ पे क्या रखना है रखने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये इस प्रकार से आएगा आप चाहें तो इसको और भी बेहतर कर सकते हैं तो आप इसका मैंने पहले वीडियो भी पिक्सल ऐप का बनाया है आप में मे टेगवेरी चैनल पर इसका वे वीडियो पड़ा होगा तो आप उस पर देख लें कि किस प्रकार से बनाया जाता है और आगे आप इसको बना करके अपलोड कर सकते हैं तो हमें एक अभी आ, आपको एक डेमो बताना है तो हमने एक ऐसे ही नॉर्मल से बनाया है बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं मेमोरी इस पर आपको टच करना है टच करने के बाद सेव एस प्रोजेक्ट या सेव एस इमेज आपको सेव एस इमेज पे क्लिक करना है अब यहाँ पर आप जे पी जैसा चाहें ले सकते हैं उसके बाद डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो है मीडियम है हाई है वेरी हाई अल्ट्रा जो आप चाहें ले लें तो हम अल्ट्रा ले लेते हैं तो इससे थोड़ा सा काफ़ी क्लियर इमेज आएगी उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपकी गैलरी में सेव हो गया सेव होने के बाद आप इसको काट दें काटने के बाद आप यहां से टाइप चेंज करें टैप चेंज करने के बाद आप अपने उसी ब्लॉगर में पहुंचे ब्लॉगर में पहुंचे के बाद हमने जो इमेज बनाई है उसके लिए आपको यहां पे क्या करना है ये जो पेंसिल के बगल में लास्ट में तीन डॉट जो देख रहे हैं इस तीन डॉट को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इमेज का कॉलम आ गया इसमेज के कॉलम पर आपको क्लिक करना है और अपलोड कम्प्यूटर पर क्लिक करना है जैसे ही आप अपलोड कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो चूज़ फ़ाइल इस फ़ाइल को आपको सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ाइल खुल के आ जाएगी मीडिया कि आप इस पे जाइए जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कहाँ गैलरी में रख रक रखी है तो यहाँ पे आप गैलरी में जहाँ भी हो आप अपने उसको क्लिक करें फ़ोटो मीडिया पर तो ये देखिए अभी हमने जो बनाई है ये सेव हो गई तो इसको हमको टच करना है यस कर देना है तो ये अपलोड होने लगेगी फ़ोटो अपलोड होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेलेक्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो अपलोड की गई है फ़ोटो इस तरह से आ जाएगी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है इस सेटिंग पे ऑप्शन से आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो का एक नाम दे देना और टाइटल टेस्क भी यही आप नाम दे दीजिए जो भी बुक का नाम हो उसके बाद आप देख सकते हैं इस्माल मीडियम लार्ज एक्स लार्ज ओरिजिनल साइज जैसा आप देना चाहें दे सकते हैं वैसे हम बस लार्ज पे ही अपडेट कर देंगे तो ये देखिए फोटो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बढ़ गई है इसके बाद फिर इसमें इमेज को हमको टच करना है और ये आप जो देख सकते हैं एक का बटन इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो एड कैप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको अपने फोटो का जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं या तो ये ख़याली तस्वीर है तो यहाँ पे हम ख़याली तस्वीर लिख देते हैं जिससे कि कभी कोई कॉपीराइट के कोई ऑप्शन ना है बाकी इसको थोड़ा सा हमको अपने हिसाब से सेट कर देना है अब आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से ये पोस्ट दिखेगी और उसके बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है इमेज को और ऊपर थोड़ा सा हमको खसकाना है तो इसके लिए हम फिर से इसको यहाँ पर टच करेंगे टच करने के बाद ये दोस्तों हमने इसको ऊपर और थोड़ा सा खसका दिया तब दोस्तों देख सकते हैं जो हमने डाला है वो इस प्रकार से आपको पूरा सेट कर लेना है और बाकी अपना चाहे तो आप इससे भी अच्छा सेट कर सकते हैं हमने एक तरीका आपको खाली बताया जल्दी में तो आप इसको देखें और देख के आप अपना ब्लॉगर का पोस्ट कर सकते हैं उसके बाद ये देख सकते हैं पब्लिस यहाँ पर आपको पब्लिस पे क्लिक कर देना है और कन्फर्म कर दें तो दोस्तों ये आपकी पोस्ट अब ये पब्लिस हो चुकी है तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी पोस्ट किस प्रकार से दिखेगी तो ये तीन डॉट इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद वाइव ब्लॉग इस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों हमने जो पोस्ट अभी करी हुई है वो पोस्ट हम आपको देखते हैं ये है ये पोस्ट लगी हुई है हमने अभी इसको पोस्ट किया है तो इसको हम अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारी पोस्ट दिखती है तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी पोस्ट इस प्रकार से दिखती है अब इसमें आप हिंदी उर्दू किसी भी तर्जुमे पर आप इसको पढ़ सकते हैं चाहें तो व्हाट्सअप वगैरह से या किसी से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दुण। दुण। बाद ये तो इस तरीके से मोबाइल पर हो गई और ये डेस्क टॉप साइट पर आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर कोई गलती हमारे वीडियो में समझ में आए तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं या बता सकते हैं धन्यवाद दोस्तों